पिछले कुछ घंटों में मैंने दो लोगों को खोया है जो मेरे करीब थे अब मैं किसी और को इस चोरी की वजह से मानने नहीं दूंगा